हाँ, अंकल यहाँ सिर्फ यही एक बोट है हाँ, और इसमें सिर्फ दो लोग ही बैठ कर जा सकते, हैं। यानी हम सब मिलकर नहीं जा सकते है तो दे, मैं और ये भी खेलना नहीं आता तुम्हें यूमिको के साथ पहाड़ी इलाके में घूम कर जल्दी लौट आऊँगा बोट है जिसमे सिर्फ दो लोग जा सकते हैं देखो यूमिको और हमारे वहाँ मजे कर रहे हैं हम किसी और तरीके ऐसी वहाँ आरोप पहुँच जाएंगे मुझे बोट बनानी आती है हम उसमें बैठ सैर करेंगे हम बोर्ड बनाएंगे नीचे इसे उठाने में मेरी मदद करो हाँ, हाँ। मैं यहाँ देखता हूँ अरे ये क्या है आ, ये टोपी है कि अब इन लकड़ियों को सही तरीके से लगाना होगा निक, निक। ये चलेगी कैसे बताता हूँ बताता हूँ वो सब तो किनारे पर बैठे ठंडी हवा खा रहे होंगे थोड़ा और <mister tumors> hey yeah, hey yeah, hey okay, okay, wow, okay, be, ah, oh my god stage par aa kam kam kam kam kam kam kam itna raha chocolate roll bhai kya aage nahi khayenge jaldi chaliye hey hey sab katte katte katte sab katte katte chalo chalo warna 30 chalo ye ye ye tumne nahi khata raha kyun ye yumiko हाँ, हाँ, मुझे पता है तू चुप कर अच्छा ठीक है कि तो हमसे पहले किनारे पहुंच जाएगी। नहीं तो तो जाते तुम डूब तो नहीं जाओगे ना